अबे हल्कट बंदे कहाँ पर गए अपन को मिल नहीं रहे पर चूतियों को मैं ढूंढ के मारूंगा मतलब मारूंगा पर बंदे दिखने तो दो यार ये देखो ये एक चिमकांडे मिल गया बस आप लोग लाइन शेर हो गए मार डालेंगे इसको ऊपर बंदे अपन के ऊपर फायर कर रहे हैं चलो कोई बात नहीं खिला चुका है अपन को टेंशन लेने की बात